दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के वीडियो में आपको एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। V15 की, जो प्रोसेसर के अंदर आता है एंड चालीस बीस मॉडल नंबर शानदार है, है चार जीबी रेम और दो सौ छप्पन जीबी एस एस बी के साथ ऐसी बीस हजार के बीच इसकी रेंज रहती है और स्टडी या आप फोटोशॉप थोड़ी बहुत डिजाइनिंग या वीडियो के लिए इसको यूज में ले सकते हो तो स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ तो इससे पहले बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो शुरू करें और चलते हैं अनबॉक्सिंग की चल तो यहाँ पर तो आपको मैं एक लैपटॉप दिखा ये बॉक्स मेरे पास आया हुआ है Flipkart से और Amazon से तो दोनों का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा वहां से आप खरीदोगे तो आपको स्पेशली ऑफर भी मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा तो चलिए अब मैं आप दिखाता हूँ लैपटॉप की क्या कंडीशन है और किस तरीके का लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर सेलेरॉन प्रोसेसर है इंटेल का ठीक है और काफी शानदार कंडीशन है आप देख पा रहे हो लैपटॉप की जो कंडीशन है वो आपके सामने है 220 सौ बीस एन टी डिस्प्ले ब्राइटनेस इसका और इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तीन यू पोर्ट मिल जाता है ये टू है ये भी टू है ये भी टू है एक आपको यहाँ पे एच पोर्ट मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है यहां पे हम लोग बात करें तो एक आपको ऑडियो वाला साउंड वाला मिल जाता है और यहाँ पे एक बड़ा एसडी कार्ड वाला ऑप्शन है वो मिल जाता है अदरवाइज इसके अंदर कोई भी ऑप्शन है वो नहीं मिलता बाकी कंडीशन है वो काफी शानदार लैपटॉप की कंडीशन है और इस प्राइस के अंदर ये लैपटॉप काफी ठीक है यानी प्राइस से हम लोग कंपेरिजन करें तो प्राइस में देखते हुए लैपटॉप है वो बहुत ही शानदार लैपटॉप है प्राइस के कंपेरिजन में करें तो क्योंकि उन्नीस बीस के अंदर लगभग और अदर कंपनी में कंपेरिजन करें तो इस प्राइस के अंदर एस नहीं मिलती है जबकि हमें इस लैपटॉप में और वही उन्नीस बीस की प्राइस के अंदर वो एस मिल जाती है